पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं